कल मैं गया था डॉक्टर स्ट्रेंज देखने के लिए ऐसा लग रहा था वंडर देख के रहा वे मूवी में क्या हो रहा है क्यों हो रहा है को हो रहा है कैसे हो रहा है कब हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा ऐसा लग रहा था बॉलीवुड की मूवी देख रहा हूँ अंत में जाके जब मैं बोर हो गया तो मैं आधे रात को बाहर निकला बर्गर खाया। खाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी मूवी और देखता लेकिन जैसे मरा डॉक्टर जिंदा हुआ। मैं वहां से निकल लिया के साथ कुछ खास नहीं था अपना भी बता मुझे लगता है सबके एक्सपीरियंस इतने अच्छे नहीं रहे होंगे Strange. मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा मार्बल फैन इस मूवी वाज नॉट सो गुड कैसा लग रहा था डी ने बनाई है आप क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताना